नमस्ते बच्चों आज हम गैफी जराफ और उसके पिता मैनी को कंचों से खेल खेलते हुए देखेंगे एक शाम गैफी और मैनी पार्क में टहल रहे थे तभी मैनी ने एक छड़ी देखी और उसे एक विचार आया गैफी चलो एक खेल खेलते हैं। सबसे पहले इस छड़ी को लो और मिट्टी पर जुड़े हुए दस वर्ग बनाओ पहले पाँच जुड़े हुए वर्ग बनाओ और उनके नीचे पाँच और जुड़े हुए वर्गो का एक सेट बनाओ ठीक है पापा इसमें तो बड़ा मजा आएगा गैफी ने इस तरह दस जुड़े हुए वर्ग बनाए जिन्हें फ्रेम कहा जाता है फिर मैनी ने कंचों का एक थैला निकाला ठीक है अब ये दस कंचे हैं हम इन फ्रेमों में बारी बारी से कंचा रखेंगे पहले तुम शुरू करो गैफी गैफी छह कंचे चुनती है और उन्हें एक एक करके छह फ्रेमो में रखती है इसके बाद मैनी दो कंचे चुनते हैं और उन्हें एक एक करके दो फ्रेम में रखते हैं अब मुझे बताओ गैफी कितने फ्रेम में कंचे हैं? गैफी गिनती शुरू करती है मैंने एक दो तीन चार पाँच और फ्रेम में कंचे रखे और आगे अपने ये सात और आठवीं फ्रेम में कंचे रखे कुल आठ फ्रेम है जिनमें कंचे है बिल्कुल ठीक गैफी हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि छह से दो अधिक आठ होते हैं बच्चों आइए दस फ्रेम का उपयोग करके गिनने का प्रयास करें मेरे पास दस वर्ग फ्रेम के आगे सात नंबर लिखा है क्या आप उतने फ्रेम गिन सकते हैं और रंग सकते हैं बहुत बढ़िया अब तीन और फ्रेमों को रंग दें अब क्या आप गिन सकते हैं की आपने कुल कितने फ्रेम रंगे है बिल्कुल ठीक 10 सात फ्रेमों के बाद आपने तीन और फ्रेमों में रंग भरा जिसका मतलब है कि सात से तीन अधिक 10 होता है सात में तीन जोड़ 10 बनते हैं बच्चों अब आप 10 फ्रेम का उपयोग करके गिनने का प्रयास करें इसके लिए सबसे पहले अपनी नोटबुक में एक 10 वर्गाकार वाला फ्रेम बनाइए अब इस 10 फ्रेम के आगे छह नंबर लिखा है क्या आप उतने फ्रेम गिन सकते हैं और रंग सकते हैं? अब चार और फ्रेमों को रंग दें। आप क्या आप गिन सकते हैं कि आपने कुल कितने फ्रेम रंगे हैं? इसका जवाब पता लगाएं और अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपना उत्तर साझा करें। बच्चों इस वीडियो में हमने 10 फ्रेम का उपयोग करके गिनना सीखा